only a perfect practice makes a man perfect. with this universal principle, YouTube channel, HP competitions, कॉम्पिटिशन्स एट द रेट ऑल वेलकम्स यू टूडेज टॉपिक किन्नौर तथा Chamba की पर्वत चोटियाँ mountain peaks of किन्नौर and Chamba. सबसे पहले हम बात करते हैं किन्नौर जिले की और किन्नौर जिला जो विशेष रूप से आपके समक्ष यहाँ पर है इसमें आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि किन्नौर के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं और जो सीमाएं हैं वैसे तो किन्नौर जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा जिला है इसकी जो सीमाएं हैं ये पूर्व के साथ यहाँ पर जो मैंने आपको ये लाइन दिखाई है ये सीमा जांसकर श्रेणी जो है वो तिब्बत के पठार से अलग करती है अर्थात चीन के साथ जो वो ईस्टर्न बाउंड्रीज की लगती है ये जो आपके पास क्षेत्र हैं ये उत्तराखंड के साथ लगता हुआ क्षेत्र हैं ये जो किन्नौर ज़िले का क्षेत्र है ये शिमला ज़िला के साथ लगता हुआ क्षेत्र हैं ये जो क्षेत्र हैं ये कुल्लू के साथ लगता हुआ क्षेत्र हैं और ये वाली जो सीमा है ये लाहौल स्पीति के साथ लगने वाली सीमा है इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता रहा हूँ ताकि आपको एक रिविज़न इससे हो जाए अब बात करते हैं किन्नौर की प्रमुख चोटियों की और जो चोटियाँ किन्नौर की, की हैं इनमें सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ऊंची चोटी किन्नौर की, की ही नहीं प्रदेश की भी हैं शिला और शिला की हाइट है सात मीटर उसके पश्चात दूसरी जो महत्वपूर्ण चोटी हैं वो आपके समक्ष है रियो परज्याल इसे रियो परगयाल भी कई पुस्तक में कहा गया है और इसकी हाइट है छः मीटर तीसरी जो महत्वपूर्ण हाइट है ये हाइट है निंजेरी और इसकी जो हाइट है 6640 मीटर अगली जो महत्वपूर्ण चोटी किन्नौर की है वो है शिपकी और इसकी हाइट है छ मीटर इसके पश्चात जो अगली महत्वपूर्ण चोटी किन्नौर की है वो है ग्रेनाइट और इसकी हाइट है छ मीटर उसके पश्चात अगली जो महत्वपूर्ण चोटी किन्नौर की हैं वो है रंगरीक और जिसकी हाइट है 6640 मीटर अगली महत्वपूर्ण चोटी किन्नौर की है वो है किन्नर कैलाश और उसकी जो हाइट है 6500 मीटर है उसके पश्चात महत्वपूर्ण चोटी किन्नौर जिले की आती है जोरकानंदेन और उसकी हाइट है छः मीटर उसके पश्चात अगली जो महत्वपूर्ण चोटी किन्नौर की है वो है फारंग और उसकी हाइट है 6350 मीटर तत्पश्चात महत्वपूर्ण चोटी जो किन्नौर की आती है वो है गांगचुआ और उसकी हाइट है 6640 मीटर अगली महत्वपूर्ण चोटी किन्नौर जिले के अंदर जो है वो है पिशु और उसकी हाइट है पाँच मीटर नेक्स्ट जो चोटी है उसकी हाइट पाँच मीटर है और चोटी का नाम है गुस्सू और अंतिम जो क्लासिफाइड चोटी किन्नौर की, की है उसे रलडांग कहा गया है और रलडांग की हाइट 5,499 मीटर है डियर रीडर्स आपकी जानकारी के लिए यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि जो चोटियाँ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं ये एज इट इज लोकेशन इसकी मैप पे नहीं है सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने एक क्रम बनाया है ताकि आपको याद रह सके कि कि किस प्रकार जो किन्नौर की, की चोटियाँ किस क्रम में जो है इसको याद रखा जा सकता है हाइट के अनुसार जैसे शीला की सबसे पहले सर वो चोटी है तो उसको मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है और जो सबसे अंतिम जो चोटी की हाइट जो दी गई है वो सबसे कम है अल्डांग की वो इसलिए मैंने उसको सबसे लास्ट में जो इसमें इंक्लूड किया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें और कई चोटियाँ नहीं हैं और भी बहुत सारी चोटियाँ हैं और उन चोटियों को विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं कि वो अनक्लासिफाइड चोटियां हैं और अभी उनको क्लासिफाइड नहीं किया गया है अधिकतर प्रश्न जो है वो इन्हीं चोटियों से पूछे गए हैं अब बात करते हैं कि ये जो चोटियां आपके समक्ष लिखी गई हैं इनको आपने कैसे याद रखना है क्योंकि ये तो आपको और सारे लेक्चर्स में भी आपको मिल जाएगा बुक्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा लेकिन इसको याद रखने का तरीका क्या है किस तो इसके लिए जो ट्रिक्स मैंने अपनाई है उसको आप भी देखिए और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ बेनिफिट है तो आप इसको जरूर अपनाएं जैसे मैंने सबसे पहले किन्नौर में जो शिला चोटी है वो सर्वोच्च चोटी है और उसकी हाइट मैंने आपको पहले भी बताई है सात हज़ार छब्बीस मीटर इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा और इसकी शिला का मैंने जो वर्ड शी है वो इसको अलग किया है इसी तरह से रियो पर्जियाल का रियो मैंने जो है से से इसमें सेपरेट से इस से कर दिया निंजेरी का नी मैंने इसमें सेपरेट कर दिया शिपकी का शिप जो है मैंने इसको सेपरेट कर दिया ग्रेनाइट का ग्रे मैंने इसमें से अलग कर दिया रंगरीक का रंग मैंने इसमें से अलग कर दिया किन्न कैलाश का किन मैंने इसमें से सेपरेट कर दिया जोर में से जोर वर्ड मैंने डिफरेंटली अलग लिखा फारंग का फा मैंने इसमें से अलग करके लिखा गंगचुआ का गंग जो है वो अलग करके लिखा पिशु का पी अलग करके लिखा गुस्सू का गु अलग करके लिखा और रलडांग का डांग जो है वो मैंने अलग करके लिखा है ये इसलिए लिखा है कि इससे जो ट्रिक्स हमने बनानी है ताकि उस ट्रिक्स को हम वो आसानी से समझ सके और उसके अनुसार जो है वो हम इसको याद कर सकें एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बड़े क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जो ये चोटियाँ हैं ये जो शिप रियो नी शिप ग्रे रंग किन जोर फुआ गंग पी गुडांग ये जो लिखा है ये एक क्रोलॉजी बनेगी आपके पास हाइट के अनुसार सबसे ऊँची चोटी सबसे पहले लिखी गई है और सबसे जो है लोएस्ट चोटी सबसे बाद में दिखी गई है अब इससे जो एक्रोनिम बनता है जो एक ट्रिक्स है जिसको कि आपने याद रखना है और आपकी सारी चोटियाँ याद से ऑटोमेटिकली हो जाएगी ये जो हमारे पास ट्रिक्स बनती है उस ट्रिक्स का नाम जो है वो हम इस प्रकार लिख सकते हैं शी रो नी शिप ग्रे शी का मतलब है शिला रियो का मतलब है रियो परिजाल नी का मतलब है निंजेरी शिप का मतलब है शिपकी और ग्रे का मतलब है ग्रे ये हमारे पास जो है वो एक एक्रोनिम इसमें से बन गया है उस एक््रोनियम को जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं और इसके साथ साथ जो दूसरा जो आपके पास एक्रोनियम बनेगा वो एक्म हमारे पास बना है रंगकीन जोरफवा रंगकिन कीन जोरफवाह रंग का मतलब यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ वैसे तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं रंग का मतलब है रंगरीक रंग का मतलब रंगरीक है और किन का मतलब जो है आपके पास किन्नर कैलाश है जोर का मतलब है जोर कादेन है फवा का मतलब जो है वो फा रंग है तो ये आपके पास जो है वो महत्वपूर्ण एक्निम जो है इससे बन चुका है अब अगला जो लास्ट हमारे पास जो महत्वपूर्ण चोटियां बची हुई हैं उन चोटियों को हम जो है वो कैसे एक, एक एक्निम में बदलते हैं वो आपके पास बनती है गंग पिगु डांग गंग पिगू डांग का मतलब है यहां मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं गंग का मतलब है गंग चुआ पी का मतलब है पिशु का मतलब है गुस्सू और डांग का मतलब है रल डांग अर्थात ये हमारे पास एक प्रकार की ऐसी चोटियां जिसका एक्म हमने बनाया है इसको आप बड़ी आसानी से सरलता से यहाँ पर समझ सकते हैं एक चीज में और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए इसको क्विकली आपने याद सिर्फ इतना रखना है शीरियोनी शिप ग्रे रंग किन जोरफवा गंगांग चला रिपीट अगेन शीर शिप ग्रेन रंग जोरफवा गंग पिगू टांग ये आप जब याद रख लेंगे तो इसका मतलब है कि कर्मानुसार आपको जो चोटियां हैं वो बड़ी आसानी से याद हो सकती है अब बात करते हैं कि हाइट को कैसे याद रखा जाए क्योंकि ये तो एक क्रोनोलॉजी ये तो आपके पास क्रम बना सिर्फ हाइट के सिर्फ जो है हाइट के अनुसार लेकिन हाइट कैसे जो इसकी याद रखी जाए इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स और बताने जो वो चाहता हूँ सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए जो हमारे पास चोटियाँ थी उन चोटियों की हाइट जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं उन चोटियों की हाइट को विशेष रूप से मैंने उसी क्रम के अनुसार जो है यहाँ पर लिखा है इसमें से कुछ चीज़ें हम कॉमन चीज़ें जो है वो उसको अलग करेंगे ताकि आपके याद रखने के लिए बहुत छोटा या कम डाटा आपके पास रह सके तो यहाँ सबसे पहले जो बात करते हैं शिला चोटी की जो कि किन्नौर की सबसे ऊँची चोटी है और इसकी हाइट सात मीटर है इसको मैंने जो है के सेवन ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको लिखा है इसको याद नहीं करना है याद जो आपने करना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आपने इसमें से याद करना है के का मतलब कि किन्नौर है और के का मतलब 1000 से भी आप ले सकते हैं 7000 का मतलब 7 7K का मतलब हुआ कि जो शिला की हाइट है वो 7000 से शुरू होती है और कितनी है मैक्सिम जो है वो सात है तो मैंने इसमें से जो है वो आपको याद करने के लिए सिर्फ क्या आपने इसमें से लेना है शी ट्वेंटी इसी तरह से जो अगली चोटियां हमारे पास यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक की चोटियाँ आती हैं ये सारी 6000 की हाइट में आती हैं तो 6000 आपके पास कॉमन है कि नौर भी आपके पास कॉमन है जैसे कि सिक्स के सब में मैंने आपको लिखा ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लिखा है यहाँ पर आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है जो याद आपने करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपने इसमें से याद करना है याद आपने ये करना है कि रियो 816 मैंने इसमें से जो लिया है वो रियो 816 लिया है ये किस लिए लिया है ये इसलिए लिया है रियो 816 ताकि आपको 6000 तो कॉमन है उसको आप पहले ही अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं तो रियो 816, सौ सोलह सिक्स रियो आठ का मतलब है हजार आठ सौ रियो की हाइट है और नी चार सौ मैंने छ सौ सॉरी लिया है इसका मतलब ये हुआ कि किन्नौर में जो निंजेरी चोटी है उसकी हाइट छ है इसी तरह से शिप 608 का मतलब ये हुआ कि शिपकी की हाइट 6,608 है ग्रे पाँच का मतलब ये हुआ कि ग्रेनाइट की हाइट जो है वो छः है रंग पाँच सौ का मतलब ये हुआ कि रंग की हाइट जो है छः हजार है किन 500 का मतलब ये हुआ कि किन्नर कैलाश की हाइट जो है वो 6,500 है जोर 400 तिहत्तर का मतलब ये हुआ कि जोर कांदेन की हाइट जो है छः हजार है और फ 350 का मतलब ये हुआ कि फौरंग की हाइट जो है वो 6350 हजार है गंग दो का मतलब ये हुआ कि गंग चुआ की हाइट जो है वो छः हजार है इसी तरह से अगर 5000 की श्रेणी में हम देखें तो 5000 की श्रेणी में हमारे पास यहाँ जो तीन चोटियाँ आती हैं एक है पिशु दूसरा है गुस्सू तीसरा है रलडांग इसको याद रखने के लिए पी 600 हमारे पास जो आती हैं बहत्तर आती हैं गु छ हैं और डांग चार सौ निन्यानवे पी छ सौ का मतलब ये हुआ कि पिशु की हाइट जो है वो पांच हजार छह और गुशु की हाइट जो है वो पाँच हजार सात है और अलडांग की हाइट जो है वो 4000 सॉरी पाँच हजार चार सौ निन्यानवे है ये आपने इसी तरह से जो इसको याद रखना है कुल मिलाकर के जो हमारे पास इसका एक और सिंपलेस्ट जो तरीका है उस सिंपलेस्ट जो तरीके को है हम कैसे इसमें बना सकते हैं इस तरीके को मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूं कि कैसे इसका तरीका जो आपके पास आएगा क्या एक्म जो आपके पास इसका बनेगा जैसे कि 7000 मैंने आपको कहा कि ये कॉमन है इसी तरह से जो सिक्स है वो इन चोटियों में कॉमन है और फाइव जो है वो नीचे की तीन चोटियों में कॉमन है हमारे पास जो लर्न करने के लिए एक फॉर्मूला बनना है वो फार्मूला आपके समक्ष ये रहा और इस फॉर्मूले को आपने लिख करके इसको क्रेमिंग करना है डियर स्टूडेंट्स ये चीज मैं आपको क्लियरली बता दू कुछ चीजें आपको याद करनी ही पड़ेगी क्योंकि रट्टे के बिना या मैं ये कहूँगा कि कुछ फैक्ट्स के बिना आपकी तैयारी अधूरी है कोई भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग ट्रिक्स नहीं बनी है जो कि ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाए आपके लिए वो जरूरी है कि आप उन ट्रिक्स को लिख लें बार बार याद करें बार बार उनको लर्न करें तो सबसे पहले मैं बात यहां करता हूं कि के मैंने सबसे सबसे में में लिखा है के सबसे जो है वो में लिखा है है है एक्सट्रीम जो वो लेफ्ट का मतलब है है है सारी चोटियां में सबसे पहले is equal to seven 26 का मतलब है, 7026 शिला की हाइट मतलब रियो आठ सौ सोलह यानी छह हजार आठ सौ सोलह निन्जेरी छः है शिपकी की 6,608 है ग्रेनाइट छः है रंग रिक है और किन्नर कला 6,500 है, और जोरकांदेन छः है फा रंग जो है वो 6,350 है, और गंगचुआ जो है वो छः साथ में इसके बाहर मैंने फाइव लिखा है फाइव का मतलब है ये जो तीन चोटियां हैं वो फाइव थाउजेंड की रेंज में है जिसका आपके पास ट्रिक्स बन सकती है आप इसको लर्न कर सकते हैं पी छः का मतलब है कि पिशु की हाइट पाँच है गु 670 का मतलब है कि गुशु की हाइट पाँच है और डांग चार का मतलब है कि रल की हाइट पाँच है चंबा जो वो एक महत्वपूर्ण जिला हिमाचल प्रदेश का रहा है इसमें जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं वो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं पीर पंजाल की पीर पंजाल की जो हाइट है वो है पाँच मीटर उसके पश्चात सेकेंड जो महत्वपूर्ण चोटी है वो आती है बड़ा कांडा और उसकी हाइट है 5860 मीटर उसके पश्चात नेक्स्ट जो चोटी है वो है मणि महेश पाँच मीटर अगली चोटी महत्वपूर्ण जो चंबा की चोटी है उसका नाम है थाम्सर कई बुक में थामसर भी लिखा है और इसकी हाइट है 5,580 मीटर अगला जो महत्वपूर्ण चोटी आती है वो है गौरी और इसकी हाइट है चार मीटर और उसके पश्चात जो नेक्स्ट जो चोटी आती है नारसिंग टिब्बा और इसकी हाइट है 3,730 मीटर ये आपके पास जो चोटियाँ आई हैं उस चोटियों को कैसे आपने एक एक््रोनिम की सहायता से याद रखना है ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं इसमें भी सबसे पहले पहले पीर पंजाल, में पहले पीर पंजाल पंजाल बता चुका इसमें से अलग ले लिया और गौरी टिब्बा में से जो है वो गौरी शब्द इसमें अलग जो मैंने लिया है वो एक्रोनियम आपके पास यहाँ जो बनी वो है पीरबड़ा मणिथाम गोरी पीरबड़ा मणिथाम गौरीनार इस तरह पीर पंजाल बड़ा कांडा मणि महेश थामसर गौरी का टिब्बा नारसिंग टिब्बा आप इस एक््रोनियम से जो है वो इसको लर्न कर सकते हैं लेकिन ये तो एक आपके पास हाइट के अनुसार कर्मोलॉजी बनी कर्मानुसार बना अगर आपने चोटियां याद रखनी हैं हाइट के अनुसार हाइट उसकी याद रखनी है तो इसके लिए क्या फार्मूला आपके पास बन सकता है ये मैं आपको तुरंत जो है इसमें आपको बता देता हूँ इसमें सबसे पहले देखिए सी मैंने अलग लिख ली लीजा सी का मतलब है ये चंबा की ही सारी चोटियां हैं फाइव फाइव का मतलब है फाइव थाउजेंड पीर नौ पीर पंजाल पाँच बड़ा 860 यानी 5860 बड़ा कांडा की हाइट है मणि 660 का मतलब है कि मणि की हाइट 5660 है थाम 80 का मतलब है कि थामसर की हाइट पाँच मीटर है इसी तरह से चार गौरी तीस का मतलब है चार तीस किसकी हाइट है गौरी की टिब्बा की हाइट है तीन नार सात सौ तीस का मतलब है कि नारसिंह टिब्बा की हाइट तीन हजार सात सौ तीस मीटर है अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो लाहौल स्पीति और शिमला की प्रमुख चोटियों पर होगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल लिंक दिया गया है उस लिंक को आप क्लिक करके हर एक टॉपिक हर एक टॉपिक का जो क्वेश्चन नेचर्स हैं या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो बनाई गई है जिसमें कि बहुत अच्छे प्रश्न और प्रमुख रूप से उन्हीं प्रश्नों के ऊपर फोकस किया गया जो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको आप ज़रूर सॉल्व करें अपना मूल्यांकन करें और अपने अपडेशन के लिए रिसेंट जो हमारी पोस्ट आती हैं उसको जानने के लिए समझने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि हम बड़ी शीघ्रता से सरलता से आपको बहुत अच्छी जानकारी हिमाचल के जीके की आपको प्रोवाइड कर सके थैंक यू वेरी मच